कैसे इंस्टॉल होते हैं कैसे डाउनलोड होते हैं इसके बारे में बताऊंगा हो, हो बता रहा हूँ तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही खास टॉपिक है ड्राइवर ही नहीं मालूम होगा तो पूरा वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा फायदा क्या होगा देखिये ड्राइवर वो चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रहता है इन दोनों की रिश्तेदारी करवाता है एग्जाम्पल के लिए जैसे की हमारा की हो गया ये है यर और जो हमारा विंडोज है ये है सॉफ्टवेयर अब जैसे हमने कोई बटन दबाया कीबोर्ड से तो विंडोज कैसे पता चलेगा कि कोई बटन दबा है यही काम ड्राइवर का है ड्राइवर बताता है और ये तो बस एग्जाम्पल था ड्राइवर लगभग हर एक चीज के लिए होता है जैसे कीबोर्ड के लिए माउस के लिए आपकी डिस्प्ले के लिए कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क और डिस्क वगैरह लगी हुई है उसके लिए यूएसबी के लिए पेन ड्राइव के लिए सबके लिए होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल और जैसे की हम मार्केट से कोई नया प्रिंटर लाए या कंप्यूटर में कोई नया प्रिंटर कनेक्ट किया तो कंप्यूटर से प्रिंट देते है तो प्रिंटर से प्रिंट निकलता नहीं है वो इसी होता है की आपके विंडोज ने यानी कि आपके सॉफ्टवेयर ने अभी आपके नए हार्डवेयर कि प्रिंटर को पहचाना नहीं है कि क्या चीज है इसके लिए हमें कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ता है वो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब प्रिंट निकलता है अब आप समझ गए होंगे काम क्या होता है अब यह भी समझ लीजिए ड्राइवर की जरूरत हमें कब पड़ती है ड्राइवर की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं रिंस्टॉल करते हैं विंडोज फॉर्मेट करते हैं या विंडोज अपडेट करते हैं साथ में विंडोज इंस्टॉल या फॉर्मेट के बाद ड्राइवर मिसिंग हो जाते हैं जैसे की पेन ड्राइव यूस भी काम न करना माउस ना काम करना की बोर्ड ना काम करना टचपेड सही तरीके से ना काम करना डिस्प्ले की ब्राइटनेस न कम होना तेज तेज रहना रेजुलेशन बहुत बड़ा बड़ा दिखना है अब बहुत से लोग विंडोज इंस्टॉल या फॉर्मेट के बाद सोचते हैं कि भैया पहले तो सब कुछ सही चल रहा था हमने कुछ गड़बड़ कर दी है इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं होता है ये ड्राइवर की समस्या होती है, हो गया है। तो सही हो जाएगा। एक मजे की बात और बता दू जब कई लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं फॉर्मेट करते हैं अपडेट करते हैं तो उनके कुछ ड्राइवर मिसिंग हो जाते हैं जैसे की एस पेन ड्राइव ना काम करना इंटरनेट ना काम करना फिर उनको जरूरत होती है कंप्यूटर में ड्राइवर डालने की अब ड्राइवर डालेंगे कैसे आपका इंटरनेट तो ही नहीं कर रहा है ये पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगी नहीं रही है इसीलिए मैं कहता हूं कि विंडोज के साथ कोई भी छेड़खानी करने से पहले कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर पहले से ही डाउनलोड होने चाहिए ताकि आगे चल के हमारे साथ कोई भी समस्या हाँ आए तो जो ड्राइवर हमने डाउनलोड कर रखे उनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को सही कर सके चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करेंगे सबसे पहले हम लेपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए देख लेते हैं उसके बाद में डेस्कटॉप यानी कि मदरबोर्ड के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए देखेंगे देखिए लेपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हमारे पास तरीके तो कई है लेकिन सबसे बढ़िया और मजबूत तरीका ये है कि लेपटॉप का सीरियल नंबर निकाल लो और लैपटॉप जिस कंपनी का है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ वहां पर वो सीरियल नंबर डालो तो सेम अपने लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड कर लो अब लैपटॉप का सीरियल नंबर निकालने के लिए सिंपल है स्टार्ट बटन दबाइए लिखिए सीएमडी कमांड प्रोमोड दिखेगा इसे ओपन कर लीजिए यहाँ पर ये कमांड टाइप कर दीजिए जो मैंने टाइप करी है वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए अब एंटर करेंगे आपके लैपटॉप का जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा इसे कॉपी कर लीजिए नहीं तो अभी हम जिस वेबसाइट में डालेंगे वहां मेनुअल टाइप कर सकते हैं ब्राउजर खोल लेंगे गूगल यहाँ पे आपका लैपटॉप जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम लिखिए जैसे कि मैं लिख देता हूं सर। और इसके बाद ड्राइवर लिख के सर्च कर देंगे वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कई पॉपुलर लैपटॉप कंपनियों के ड्राइवर डाउनलोड करने वाली वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप नीचे क्लिक करके उनके ऊपर जा सकते हैं वहाँ पर बस आपको सीधे नंबर ही डालना होगा फिर भी प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है चलिए करके देखते हैं सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आई है इसके ऊपर आ गए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर सीरियल नंबर वही जो अभी हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट करके फाइंड करेंगे एक बात और सीरियल नंबर डालने के लिए आपको हर एक वेबसाइट पे दिखेगा लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे इसके साथ ही एक बेसिक जानकारी और जब भी हम कोई ड्राइवर डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है वो इसलिए क्योंकि हर एक ड्राइवर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग होता है जैसे की विंडोज सेवन के लिए अलग होगा एट के लिए अलग होगा टेन के लिए अलग होगा और इनके अंदर भी दो दो वर्जन होते हैं की विडोज सेवन चौंसठ बीट बत्तीस बिट विंडोज बिट, चौंसठ 10 64 बिट 32 बिट। वो भी हमें सिलेक्ट करना होता है कहने का मतलब यही है जिस का, जिस का कर रहे हैं, वो ड्राइवर उसी विंडोज पे उसी बिट पे सपोर्ट करेगा और दूसरे पे नहीं करेगा एग्जाम्पल के लिए जैसे की मैं विंडोज टेन चौंसठ बिट का डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो ड्राइवर विंडोज टेन बत्तीस बिट पर नहीं काम करेगा और विंडोज एट या विंडोज टेन पे तो कतई नहीं काम करेगा अब जैसे की इस वेबसाइट को नीचे करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है ये फंक्शन आपको हर एक वेबसाइट पे मिलेगा डिजाइन बदल सकता है लेकिन होगा जरूर तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ विंडोज 10 64 बिट है ना इधर विंडोज 8 है ना विंडोज 7 आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कोई एक या दो विंडोज गायब हो तो इसका मतलब ये है जो विंडोज गायब है वो विंडोज हमारे इस कंप्यूटर में नहीं चलेगा अगर जबरदस्ती घुसेड़ देंगे फिर ड्राइवर की समस्या आ जाएगी और तो ड्राइवर से क्या क्या समस्या हो सकती है वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है आपके लैपटॉप की कंपनी की वेबसाइट पे, जो भी विंडोज का जिस भी बिट का ड्राइवर उपलब्ध हो वही विंडोज उसी बीट में डालें। गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ होगी अब हम विडोज 10 64 बीट सिलेक्ट कर लेते हैं ड्राइवर्स पर क्लिक किया क्लिक करते ही आपके लैपटॉप के जितने भी ड्राइवर हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी एक एक करके सबको डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड के लिए सिंपल है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा बस आपको एक ड्राइवर नहीं डाउनलोड करना है वो है बायोज का क्यों नहीं करेंगे और इससे क्या होता है इसके लिए हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे बस यूं समझ लीजिए नॉर्मल यूजर के लिए इसका अभी कोई काम नहीं है और ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है देखते रहिए थोड़ी देर में पता चल जाएगा इससे पहले हम डेस्कटॉप के ड्राइवर कैसे डाउनलोड होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं डेस्कटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका ये है की हमारे डेस्कटॉप के अंदर जो मदर लगा हुआ है उसका मॉडल नंबर हम मदर की वेबसाइट पर डालें और ड्राइवर डाउनलोड कर लें अब ये डेस्टॉप का मॉडल नंबर कैसे पहचानते हैं इसके लिए भी सिंपल है डेस्कटॉप आपका ढक्कन खोलिए मदरबोर्ड दिखेगा उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ चलिए आपको किसी मदरबोर्ड का मॉडल नंबर दिखाता हूँ जैसे की मदर बोर्ड करता हूँ यहाँ पर मॉडल नंबर है।, है एक मदर और देखते हैं एम का थोड़ा जूम किया यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम एस आई ये हो गया कंपनी का नाम बाकी जो एच ऐसी शुरुआत हो रहा है वो है मॉडल नंबर अब मान लेते हैं किसी वजह से आपको मॉडल नंबर दिखा नहीं आप अपना कंप्यूटर नहीं खोलना चाहते तो इसके लिए स्टार्ट बटन दबाइए है यहाँ पर लिखिए है सीएमडी वही कमांड प्रोमोट ओपन कर लेंगे यहाँ पर ये कमांड टाइप करके एंटर कर दीजिए जो मैंने टाइप करी है वैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए अब देखिए हमारा मदरबोर्ड किस कंपनी ने बनाया है मैनुफेक्चर का नाम आ गया है इंटेल कारपोरेशन और प्रोडक्ट के नीचे देखिए ये जो चौवालीस से शुरू हो रहा है ये हमारा मॉडल नंबर है आप समझ गए होंगे कि मॉडल नंबर कैसे निकालना है चलिए आप गीगाइट की वेबसाइट पे आते हैं कोई ड्राइवर डाउनलोड करके देखेंगे साथ ही आपको बता दूं मैंने कई पॉपुलर मदरबोर्ड कंपनियों की ड्राइवर डाउनलोड करने वाली वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है आप नीचे क्लिक करके डायरेक्ट उन वेबसाइट पे आ सकते हैं जैसे की ये गीगा की वेबसाइट है मैं एक मॉडल नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये इस मदरबोर्ड का है आप मैच कर सकते हैं B450m चार सौ स्पेस डी एस यहाँ पे भी यही है सर्च कर दिया आप देख सकते हैं सेम मदरबोर्ड आ गया है जो मेरी फोटो में है मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना होता है फिर से वही ओ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है ऑल पर क्लिक किया विंडोज सेवन चौंसठ बिट सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके मदरबोर्ड की ड्राइवर की लिस्ट दिख जाएगी बायोस वाला छोड़ के आप सादे एक करके डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड के लिए सिंपल है यहाँ पे भी डाउनलोड पे क्लिक करना है डाउनलोड हो जाएगा इसी तरह से डेस्कटॉप के लिए आपको अगर ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर चाहिए तो आपका ग्राफिक्स कार्ड जिस कंपनी का है उस कंपनी की वेबसाइट पे आइए अपने ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल नंबर डाल के आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते है एक बात और ड्राइवर डाउनलोड करते समय कुछ खास बातों को ध्यान भी रखना पड़ता है जैसे की मैं इस पेज के नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर की लिस्ट में देखिए तीन ड्राइवर है अब इन तीन ड्राइवर में से हमें दो डाउनलोड करना है क्योंकि नीचे के जो दो ड्राइवर हैं वो एक ही हैं लेकिन इनका वर्जन अलग है और हमें लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करना है ये लेटेस्ट वर्जन आप इनका वर्जन का नंबर देख के पहचान सकते हैं या तो इनकी रिलीज डेट से भी पहचान सकते हैं जैसे कि पहले वाला है सन 2011 का दूसरे वाला है सन दो का यानी की सन दो वाला है वो लेटेस्ट है वो डाउनलोड करना है और उसके बाद इसके ऊपर वाला इसके साथ ही लेपटॉप के कुछ ड्राइवर डाउनलोड करते समय आपको ग्राफिक्स के लिए कई सारे ड्राइवर देखने को मिलेंगे जैसे की आप इस पेज पे देख सकते करीब 18 ड्राइवर हैं ग्राफिक्स के 18 में से हमें सिर्फ एक डाउनलोड करना है वो आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कि आपको वो कौन सा डाउनलोड करना है सबसे पहले तो ये देखिए कि ये ग्राफिक्स के ड्राइवर हैं ग्राफिक्स ड्राइवर की जरूरत हमें कब पड़ती है जब हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा ना हो रही हो या रेजुलेशन हमें सही नहीं दिख रहा हो कुछ छोटा बड़ा कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो अगर ऐसी कुछ समस्या है तो ये समझिए आपको एक ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर की जरूरत है तभी हमें इनमें से कोई ड्राइवर डाउनलोड करना है और अब अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर चाहिए तो पहले देखिए आपका प्रोसेसर कौन सा है अगर एमडी का प्रोसेसर है तो एमडी के कुछ ड्राइवर की लिस्ट है यहाँ पे उनमें से एक एक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखते रहिए जिससे आपका काम बन जाए उसी से काम चला लीजिए अब जिनका लोगों का प्रोसेसर इंटेल का है तो इंटेल वालों के लिए तो यहाँ बड़ी लंबी खिचड़ी पका रखी है कई सारे ड्राइवर है इंटेल वालों को इनमें से सिर्फ एक डाउनलोड करना है उसको कैसे पहचानेंगे उसको पहचानने के लिए आपको अपने प्रोसेसर का मॉडल नंबर का कोड पहचानना होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैबी लीक है ब्रॉडवेल है स्काई लीक है ये इंटेल के प्रोसेसर के कोड हैं। आपको यही पता करना है कैसे पता करेंगे स्टार्ट बटन दबाइए यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखेगा ओपन कर लेंगे इसे आइटम लिस्ट में प्रोसेसर दिख रहा होगा यहाँ पर आपके प्रोसेसर की कंपनी का नाम जैसे की इंटेल दिख रहा है और उसका मॉडल नंबर ये मॉडल नंबर है आई कोड नेम आ गया है यह हैजेल चलिए एक प्रोसेसर का कोड नेम और सर्च करके दिखाता हूँ इंटेल आई थ्री डैश इकसठ डबल जीरो यू कोड नेम एंटर किया दोबारा बता दूं, ध्यान दीजिए इंटेल कोड नेम के बीच में हमें अपना ये सिर्फ इतना मॉडल नंबर डालना है जो हमने यहाँ से उठाया है अब यहाँ पर मैंने जिस प्रोसेसर का कोड नेम निकाला है वो है स्काई आप नोट कर लीजिए स्काई इसके बाद ड्राइवर वाली लिस्ट पे आ गए यहाँ पर देखिए स्काई कौन से वाले ड्राइवर में लिखा हुआ है तो नीचे है अपेलो लिक और ब्रैस नीचे से तीसरे नंबर का देखिए यहाँ पर हमें स्काई मिल गया है यानी कि हम यही वाला डाउनलोड करेंगे और ये वाला हमारे कंप्यूटर में काम करेगा अच्छे से तो अब तक आपने देखा कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के ड्राइवर डाउनलोड कैसे करते हैं अब मान के लिए भविष्य में आपको कभी जरूरत पड़ी कि ड्राइवर इंस्टॉल करने है आपके ड्राइवर कुछ मिस हो रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है आपने जहाँ पर ड्राइवर सेव करके रखे हुए है उस लोकेशन पर आ जाएंगे ड्राइवर आपको दो तरह से दिखेंगे पहला अप्लीकेशन टाइप में जैसे की ये रहा अप्लीकेशन टाइप में जो ड्राइवर है इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे रन एडमिनिस्टर, ऑप्शन आएगा यस कर देना है और आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपल बता देता हूं आपको कोई भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है लाइसेंस के लिए आता है तो वो लाइसेंस एक्सेप्ट करना होता है और इंस्टॉल की लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए आता है तो वो अपने आप सिलेक्ट होता है उसमें हमें कुछ नहीं करना काफी सिंपल होता है जैसे की आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा लाइसेंस के लिए पूछ रहा है तो मैं अग्री कर लूंगा लोकेशन पूछ रहा है वो इसकी डिफॉल्ट रहती है हमें यहाँ पे नहीं छेड़ना है नेक्स्ट अब इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ अब जो ड्राइवर इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका है उसमें आपको आपका ड्राइवर जो है जिप फाइल में दिखेगा जैसे की आप ऊपर वाला ड्राइवर देखिये ये एक जिप फाइल में है हमें करना क्या है इस जिप फाइल के अंदर से अपना ड्राइवर बाहर निकालना है बाहर निकालने के लिए इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एक्सटेंट डाल का ऑप्शन दिखेगा इसे सिलेक्ट कर लेना है ये मार्क हटा देंगे एक्सटेंट कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे सेम नाम से एक नया फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर आएंगे एक फोल्डर और दिखेगा इसके अंदर यहाँ पर खूब सारी फाइलें दिखेंगी अब इनमें से हमारे काम की वो फाइल होगी जो एप्लीकेशन टाइप में है और जिसका नाम सेटअप होगा नीचे करके देखते हैं ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन टाइप में सेटअप नाम की फाइल मिल गई है कई लोगों के ऐसा भी हो सकता है सेटअप 64 बिट या सेटअप 32 बिट दिखे तो अगर आपका विंडोज 32 बिट का है तो सेटअप 32 बिट सेलेक्ट करेंगे अगर विंडोज 64 बिट का है तो सेटअप 64 बिट सेलेक्ट करेंगे मैंने ये एडवांस में बता दिया है लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बस खाली सेटअप है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेट फिर से इसके लिए ऑप्शन आएगा हर एक बार ये इसके लिए ऑप्शन आएगा आप जितने भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है आपको बताई दिया है नेक्स्ट करना है और लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करना है मैं अभी कैंसिल कर देता हूं इसी तरह से आप एक एक करके वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिये जिनकी आपको जरूरत है एक बात और हर एक ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करे इससे ये होगा की आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किए है वो सही तरीके से अपना काम करने लग जायेंगे कई बार ऐसा होता है की हमने ड्राइवर तो इंस्टॉल कर दिया होता है लेकिन वो काम नहीं और हमें ऐसे लगता है कि भैया ड्राइवर तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है इसीलिए रीस्टार्ट करेंगे फर्क दिख जाएगा बस मैं आपसे यहीं पर ही चाहूंगा कैसा लगा ये वीडियो कोई समस्या है कोई विचार है किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप